अभी आपकी छिटड़ी चक्कों के वाली थी बिकी देख ले अभी मत उड़ा बोल रहा हूँ मैं अरे उनके भी देखते हैं छोड़ हेलो गाइस आप देख सकते हैं अब रेक्के तो भी उसकी भी चक्कों करूँगा मैं पहले ही खड़ी गई ये पहले ही देख लास्ट ही है इसकी ले लेंगे है वो देखा दे दे पता ना क्यों नह तो को लगा Hello देखो वो दे मुड़ा रहे हैं। उड़ा रहे क्यों उड़ा उड़ा ये वाली बात है yes. मेरे को मैं तेरी से से 20 oh <laughs> उल्टा ही लपेट रहा है उल्टा लपेट रहा है ऐसे लपेटते हैं चरखरी ऐसे लपेटते हैं काट इसको। पता है आज क्या कर दो स्वाद कीत भी है पतंग उड़ा रहे हैं देख लीजिए वो देखो तो कहाँ तो जा रही है देखो वो, वो कट के जा रही है तो वो देखो वो देखो पतंग उड़ा जा रहे हैं मत हाँ दो चार देंगे बात कर रहे हैं दो दो का चार अभी कोई उतर जाएगी अभी एक बंदा और उड़ाया था उसकी करनी है उड़ाओ वीडियो बन रही है अच्छे से उड़ाना देखो वो कबील है वो उड़ा रहा है कृपया देख लीजिए ध्यान से ये, उड़ा रहा है। ये देखो ये मिस्त्री अंकल कर काम करते है <laughs> <laughs> <laughs> मिस्त्री मिस्त्री अंकल अंकल। से। ये ये खींच खींच खींच लेना। ले क्या कोई दिक्कत नहीं है क्या के मैं जो लेके खींच खींच तो नहीं नहीं मिस्त्री अंकल चाल दे रहे हैं कि रस्सी से पकड़ेंगे कृपा देखते रहना नहीं नहीं अंकल नहीं ना नहीं आए तो ये ये उड़ा रहे हैं, भैया उनके भाई हैं, खड़े हैं रात भैया। वीडियो बन चुकी है ये है। है। में बन रही है। जल्दी जल्दी। अंकित भी आ यार, मैं उड़ाऊंगा इतनी जल्दी फेक जल्दी फंसा जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी आराम <laughs> से कोई बात नहीं